ढाई किलो का हाथ है तो उर... आदमी उठता नहीं उठ जाता है तुम्हारा तुम्हारी बॉडी बताता हम बताए तेरे को क्या? हमारी बॉडी बहुत है शार्पत्ती नहीं बता <laughs>